में जहर का इलाज है कुत्ता खा जाए आपको इलाज है सांप डसले साला इलाज है लेकिन कोई कान में जहर भर दे इसका पूरी दुनिया में आज तक इलाज पैदा नहीं हुआ कुत्ते के काटने का इलाज है सांप के डसने का इलाज है लेकिन कोई आपके कान में जहर भर दे तो इसका कोई इलाज नहीं और ऐसा साइलेंटली होता है कि आपको पता नहीं चलता संगत पर विशेष ध्यान रखना मैं कहता हूँ हमेशा से